सब oh, so, we'll we'll we'll -huh. रहेंगे तो ये नेक्स्ट ब्लॉग है यहाँ का और शुरू करते हैं यहाँ से अपना नाम लिखते हैं यहाँ पे क्या कर आ रियाजी अरे अरुद्राम वही तो वेट कर रहा हूँ पानी तो आंदे इधर लगाना चाहिए ये ये कुछ ये लिखना पड़ेगा तभी जाएगा ये <laughs> मत चढ़ना उधर पानी का वेट कर रहा हूँ खतम सीन है मजा आया चल कहाँ चलने का कहीं कुछ खाने चलने का है? <laughs> <laughs> अब बॉल मुट्टी में है। आए पाल है। ए, अब तू तुम ही निकलेगा कुछ और बना दे उसमें <laughs> इधर लेना ले बहुत अच्छा है उसको हाँ इधर मेरा भी एक लेना तुम लोग का फोटो सेशन खत्म नहीं हुआ क्या अभी तक मैं हस्ती ब्रो खाना था गा। आगे आगे बार? <laughs> दिस इज वेरी हार्ड वर्किंग बहुत हार्ड वर्क करता है ये बंदा गाड़ी गाड़ी गाड़ी लाने का को का पूरा कोशिश किया पर ही, <laughs> <laughs> ही नहीं नहीं ला सका क्योंकि मिली क्यों आ से ये का है, का. <laughs> <laughs> <laughs> एक इसका है। <laughs> एक चश्मे में कितने लोग ले रहे थे <laughs> ये ब्लॉग भी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। ले मेरा भी फोटो दे। मान नया ड्राइवर तो अभी कितने जा रहे अपन खाने को आ? आ। मेन्यू देख लिया देख ले फिर से मालूम है मालूम है फिर भी एक ही चीज खाने का फिर भी मेनू। <laughs> देखा क्या खाने गए? खाना तो हर किसी को खाने का ऐसी क्या खाएगा वो बताओ हो गया अब चलते हैं फटफट से अपने बीच पे जाके थोड़ा सा खाने के बाद ना थोड़ा अच्छा लगता और इतना धूप है ना इस चश्मा मुझे लगाना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा इधर धूप है तो चलते हैं फटाफट से अपने बीच पे घूमते हैं तो चलते हैं अभी वहाँ बीच पे सीधे मैडिक चेक करें बारिश में है ना बारिश में गाई को भी धूबा रह तो बारिश में अपने भाई की गाड़ी की चाबी है ए, कीदर है? चाभी तो ना चाबी किधर है? ए, है? चाभी तो मालूम बस वीडियो ले रहा हूँ मजा आ रहा है। मेरे को तुम लोग गाड़ी चलाया तुम लोग को मालूम लेना मांगता है ना किधर है चाबी एक बार रास्ते में देख ली किधर चाबी ले अभी अभी घर घर घर घर पे पे पे भी है है है कौन कौन कौन कौन तो से ही बंद हुई तो बोला कि जाने जाने का और इधर जाते तो गाड़ी अब पे कौन जाने वाला है? गाली दे रहा एक बार गाड़ी के नीचे गाड़ी हटा के पूरा देखना इधर पे ये क्या है ये क्या है अच्छा ये ये ट्यूब का ये धक्का नहीं मैं बोल रहा है अरे गाड़ी चलाते मुझे <laughs> गाड़ी की चाबी गायब हो गई हम भाई की <laughs> अच्छा अभी जाएगा कैसे वो तो पता अरे सबको चला के लेके चंदन <laughs> पैदा धक्का मार के क्या मैं बैठा धक्का मारो अरे चंदन गाड़ी तो बन गया ना तू उसको पूछ